मथुरा में ना हर का दुनिया को जे घाट घाट हरि घट घट वासी रे दुनिया को जे घाट घाट हरि घट घट वासी रे हर दुख हर ता दुनिया खोजे घाट घाट हर घट घट वासी हर दुनिया खोजे घाट घाट हर घट घट वास हरियो ही।, ही घट माही समाय मन मोरख पहचान न पाए अज्ञानिका अंतर प्यासा दृष्टि भी प्यासी रे कोजे गाट गाट गट गट गट खोजे घाट घाट हर घट घट वासी रे दुनिया खोजे घाट घाट हरि घट घट वासी रे जोग जुगत कठू दाम ध्यान धरे को जे घाट घाट हरि घट घट वासी रे दुनिया को जे घाट घाट हरि घट घट वासी रे नए तर्क करे तो जन्म गमाए श्रद्धा विश्वास के पास चले तो पहुंचे हर के गांव हर गुण गावे हर दुनिया को दे घाट घाट हरि घट घट वासी रे दुनिया को दे घाट घाट हरि घट घट वासी रे ना ही मधु में ना ही मधु में ना मथुरा में ना मथुरा में ना हर कासी रे ना घाट घाट हर घट घट वासी रे छोजे घाट घाट हरी घट घट वासी रे